हेलो दोस्तों अलमैकम वरह ला वरक़ गुड मॉर्निंग नमस्कार कैसे हैं आप लोग खैरियत से होंगे आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मैंसूरेशन चैप्टर के बारे में जिसका हम बेसिक सिर्फ नाम और फॉर्मूला जानेंगे जैसे सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेंगल के बारे में ये ऊपर वाला यहाँ जो है ये ट्रेंगल है देख रहे हैं आप लोग ये ट्रेंगल है ट्रेंगल का हिंदी होता है त्रिभुज इसको हम इस तरीका से भी बना सकते हैं जैसे यहां देख लीजिए इस टाइप का एक ट्रेंगल होता है ये जो है ये ये ट्रेंगल है या ये इस टाइप का ट्रेंगल है या इस टाइप का ये ट्रेंगल है यानी ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाओं से ऐसी बंद आकृति जो तीन भूजाओं से घिरी हो उसको हम क्या कहेंगे ट्रेंगल कहेंगे त्रिभुज कहेंगे तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं चलिए आप एक इसका फार्मूला देखते हैं पहले ट्रेंगल यानी त्रिभुज त्रिभुज का फॉर्मूला त्रिभुज का एरिया एरिया का मतलब क्षेत्रफल इस जगह यहाँ एरिया है त्रिभुज का एरिया होता है क्षेत्रफल ट्रेंगल में जो है जैसे अभी हम ट्रेंगल ड्रॉ करते हैं देख लीजिए ये जो है ट्रेंगल ये मान लेते हैं ये इस टाइप में है ये ट्रेंगल हो गया है ना तो ट्रेंगल में जो है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसे ये देखिए ये यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई हो गई यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये इसकी क्या हो गई ये यहाँ ये इसकी एक भुजा की लंबाई हो गई दूसरी भुजा की लंबाई यहाँ हो गई तीसरी भुजा की लंबाई यहाँ हो गई तो ट्रेंगल में तीन भुजा होता है और तीनों भुजा की लंबाई और एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर जो ये हम डाले हैं ये लंब हो गया इसका लंबाई तो उसी तरह लंबाई को हाइट बोलते हैं ऊंचाई ये उसकी ऊंचाई हो गई तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वन बट्टे गुना आधार गुना ऊंचाई देखिए यहाँ लिखा हुआ है वन बटे टू गुना आधार गुना ऊंचाई इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ठीक है दोस्तों ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल पैरीमीटर पैरीमीटर का मतलब हो गया वो तीनों भुजा तीन भुजा जो अभी हम दिखाए थे जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है तो इसके तीनों भूजा को यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ घेरने के घेराओं को पैरीमीटर कहते हैं पैरीमीटर इसको हम हमेशा 2s से सूचित करते हैं 2s s जो है वो सेमी ही होता है उसको 2s से सूचित करते हैं तो 2s जो है सूचित का मतलब डिनोट करना 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी यानी इसकी ये भुजा अगर ये है a है ये b है और ये c है तो s बराबर 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी और प्लस अगर s निकालना हो तो इसके नीचे में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टे ये अर्ध पैरीमीटर होता है आधा सेमी ठीक है जो यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए सब फॉर्मूला आप लोगों के सामने है इसको हम एक बार क्लियर करके आपको दिखा देते हैं ये देख लीजिए सब फॉर्मूला आपके सामने है ठीक है ये त्रिभुज का एरिया हो गया 1 बट्टे टू गुना b गुना एच बी का मतलब हो गया ब्रेथ यानी आधार H का मतलब हो गया ऊंचाई उसी तरह पेरीमीटर 2s बराबर है a प्लस बी प्लस सी यहाँ लिखा हुआ ए प्लस b प्लस सी और सेमी पैरिटर s बराबर है a प्लस बी प्लस सी बट्टे टू ये इस त्रिभुज के लिए हो गया अगर यही त्रिभुज हमको 90 डिग्री का होता तो 90 डिग्री के त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वन बट्टे टू गुना पी साइन थीटा PB का मतलब अब यहाँ हो गया परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर और बेस, बेस। यानी लंब और आधार P से मतलब हो गया लंब लंब, जिसको हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर और B का मतलब हो गया आधार आधार ठीक है यानी बेस परपेंडिकुलर बेस और साइन थीटा थीटा जो है इसमें कहीं भी ले सकते हैं या तो हम C पर ले लें या A पर ले लें जैसे ये एक त्रिभुज है इस त्रिभुज में ये अगर 90 डिग्री है तो या तो हम थीटा यहाँ ले लें या यहाँ ले लें दोनों में से जहाँ थीटा ले लें वो उसका क्या कहलाएगा पैरीमीटर कहलाएगा जैसे मान लीजिए कि ये ये इसका थीटा हो गया और ये इसका थीटा हो गया तो ये इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर और ये इसका 90 डिग्री लम लंब है तो ये जब थीटा ले लेंगे यहाँ वाला थीठा लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और यहाँ वाला थीठा लेंगे तो ये बी हो जाएगा इस तरह करके उसी का जस्ट उल्टा यहाँ ही लेंगे ठीक है दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं क्या है अगला नंबर है अगला नंबर है हीरोज़ फॉर्मूला हीरोन जो नाइन्थ क्लास में काम आता है ये अभी आप लोगों को सिर्फ हम बता देते हैं नाइन्थ क्लास का जब चैप्टर चलेगा तो वहाँ हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे पहला यहाँ हीरोन में वही एक सेमी होता है जिसका मतलब होता है एस यानी अर्ध परिमिति इंटू एस माइनस अब ये तीन भुजा होता है तीनों में घटाना है s- b और s- c, ये इंटू में होता है और इस पर एक सब का ओवर रूट होता है जैसा कि यहाँ आप लोगों को लिखा हुआ है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी तीनों इंटू में है और सब का ये ऑवर रूट होता है टोटल पर सब पर रूट होता है ये इसका क्या है हीरोन का फार्मूला है ये हिरोन दिया था यहाँ एस जो है वो अर्ध परिमिति है फिर के तीनों भूजाओं के योग को करके दो से भाग देने पर वो उसका परिमिति हो जाएगा